जब कॉल आते हैं तो उस पर किसी बैंक का कर्मचारी अधिकारी बता देता है या किसी ऐप जैसे पेटीएम इत्यादि जो वॉलेट होते हैं उसका कर्मचारी अधिकारी बता के, के वाई सी अपडेट करने के नाम पर या कुछ इस तरह की लुभावने मैसेज दे लोगों के खाते की पर्सनल डिटेल लेकर उनके खातों से धोखा नहीं हो जाती है तो इस तरह के मामले में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कोई भी बैंक कोई भी वॉलेट कंपनी या इसी तरह की कोई भी संस्थान आपके बैंक या संबंधित किसी भी की नहीं मांगती है। यदि इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता भी है तो बैंक से ही डायरेक्ट जाके, जाके समझ के भी उसको हल करना चाहिए दूसरी बात कि जब आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है स्मार्टफोन होने की वजह से जैसे ही कोई समस्या किसी को होती है तो तुरंत गूगल गूगल सर्च सर्च कराता है। है कराते समय सदैव ध्यान रखने की जरूरत होती है कि यदि आपको किसी भी बैंक तोलेट या किसी संस्थान चाहे वो सरकारी चाहे गैर सरकारी संस्थान है जो फाइनेंशियल रूप से कार्य करती है ऐसे किसी भी संस्थान का अगर नंबर चाहिए तो रूप से आपको गूगल पे सर्च कराने से गलत लोगों लोगों का नंबर मिलेगा। ज्यादातर यही देखने को मिला है है हमारे पास जितने भी मामले आते हैं, उसमें यह जाता है कि हमने गूगल से पेटीएम के कस्टमर केयर का नंबर निकाला और मैंने बात किया हो तो ये है होती है की कुछ लोग पेटीएम या फोन पे या कितनी भी बैंक और या वेबसाइट्स हैं जो फाइनेंशियल काम करती हैं उनके नाम से एक वेबसाइट बना के अपना नंबर डाले हैं उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो सारी डिटेल लेके उससे धोखाधड़ी कर देंगे इसलिए जब भी कहीं का भी अगर नंबर चाहिए जो कस्टमर केयर संबंधित तो आप उस वॉलेट को खोल कर वहां से निकालें आधिकारिक वेबसाइट को ही खोले चाहे कोई खबर हो जैसे अभी सरकार में प्रधानमंत्री भत्ता योजना के, ए, की एक वेबसाइट वेबसाइट बन गई है उस पे लोगों को बेरोजगारी भत्ता पैतीस सौ देने की बात की जा रही है उसकी जांच जब हमने किया तो ये पाया कि वो वेबसाइट ही तो मैसेज ग्रुप में ट्रेंड करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह दिखाई देंगे तो कृपया करके लोगों को जागरूक करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप है तो फेसबुक में आजकल कुछ धोखाधड़ी के ट्रेंड चल रहे हैं धोखाधड़ी तो का मुख्य ट्रेंड इस समय फेसबुक पे ये बना हुआ है कि किसी फेसबुक आईडी हैक हो जाती है हैक होने के बाद वो मैसेज करता है उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो पहले से लोग हुए हैं कि हमें पैसे है। हमें पैसे पैसे की आवश्यकता है है दीजिए हम अस्पताल में भर्ती हैं और कोई वॉलेट का नंबर दे देगा दे दे बैंक अकाउंट दे देगा दे और उसमें जमा करने को बोलता है बहुत सारे लोग जमा भी कर देते हैं तो इस तरह की चीजों पर ध्यान दीजिए किसी को आवश्यकता होगी तो आपको फोन करेगा यदि फोन नहीं भी किया तो आप फोन करके कन्फर्म करेंगे इस मैसेज के आधार पे पैसा दे देना ये ठीक नहीं है तो हमेशा इसकी जांच करनी आवश्यक है अब ये हैक क्यों होती है एक्चुअली ये फेसबुक आई हैक होती नहीं है। हैक होने के लिए जिम्मेदार स्वयं हम हैं कभी भी फेसबुक आई बनाइए या बनी है तो उसमें अपने मोबाइल नंबर को पासवर्ड में न रखें क्योंकि जब मोबाइल नंबर आप पासवर्ड में रखते हैं तो हैकर मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर पासवर्ड की जगह पे डालता है डाल है है आप ही के को को आपके फेसबुक हैक कर कर लेता है या कर लेता या एक्सेस और उसके बाद करता है मोबाइल नंबर या नाम डेटा ये सारी चीजें नहीं डालनी चाहिए साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना संभव हो अपने जानकारी को अपने हाइड हाइड रखना चाहिए फेसबुक फेसबुक पे जैसे आप आप पर आपका मोबाइल नंबर इत्यादि अगर आप उसको रखेंगे तो कोई उसका हो, नहीं कर सकता एक और मामला प्रकाश में आ रहा है आप सब लोग जानते हैं इसको हनी ट्रैप संबंधित फेसबुक पे किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है फिर व्हाट्सएप नंबर का आदान प्रदान होता है उसके बाद वीडियो वीडियो कॉलिंग कॉलिंग होती है, रिकॉर्ड होके पैसा मांगा जाता है उसको सभी लोग इससे ऐसे केस को होंगे कृपया करके सबसे हमारा निवेदन है कि आप लोग जहां तक हो सके इसको प्रचारित करें इस तरह के हनी ट्रैप में ना फे कोई अनजान व्यक्ति यदि आपको कर रहा है, मैसेज कर रहा है कुछ भी कर रहा है करके ही उस उसको एक उसको एक्सेप्ट करें अथवा आप डिलीट तो इस इस हनी से बच सकते हैं। इस तीसरा इस समय संबंधित जो धोखाधड़ी हो रही है वो आप देखते होंगे कि कहीं किसी को हमने पैसा ट्रांसफर किया रिचार्ज किया फोन रिचार्ज किया कुछ भी किया तो कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम की से हमारे पैसे संबंधित जगह पे नहीं जा पाते, तो हम परेशान परेशान होते हैं हैं और और होने के साथ ही तत्काल फिर सर्च जाते हैं। और उस कंपनी का नंबर हम निकालने का प्रयास करते हैं जब उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर हम गूगल पे सर्च कराते हैं तो ये देखने को मिला है कि गूगल पे हमेशा एक नंबर पड़े होते हैं जो तो कि साइबर जोबर द्वारा अपडेट किए गए हैं उस एक नंबर की वजह से आपके खाते में मौजूद सारे पैसे वो आपकी पी क्या के आपसे ले लेता है तो ई वॉलेट संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप उसको पहले वेट कर लें वो पैसा अगर फंसा है तो संबंधित जगह जाएगा या स्वयं आपके यहाँ वापस आएगा यदि नहीं होता है तो उसी वॉलेट से उसका नंबर निकालें तब बात करें गूगल पर सर्च करा के सामने दिखाई दिया OLX पे गाड़ी खरीदने बेचने संबंधी आप देखते होंगे की ओए एक्स पे Facebook पे और तमाम सोशल साइट्स पे आजकल लोग अच्छी अच्छी गाड़िया कम कीमत में लगा के प्रचारित करते दिखेंगे ऐसे स्वयं से आकलन करने की जरूरत है कि जो के तो उसके चले जाते है और फिर वही गाड़ी अपडेट कर रखा है वो हमें शिकार बना लेता है और पैसे अपने खाते में देता है और गाड़ी भी नहीं मिलती तो है ऐसे दो इसमें गाड़ी खरीदनी है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सामने हो, गाड़ी आपके पास हो आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो ऑफ लाइन पेमेंट करो लेकिन अगर कोई सामने नहीं है केवल फोन की के बात हो रही है एक रुपया कहीं भी देंगे तो वो केवल और केवल नुकसान होगा उसका कोई लाभ पहले या या या कहीं भी गाड़ी या कुछ भी गाड़ी कुछ हैंड चीज चीज खरीदने से पहले पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ेगी। सरकारी योजनाओं संबंधित फर्ची वेबसाइट बना ली जाती है जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि एक वेबसाइट बन गई थी प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में जो वेबसाइट बनी है उस पर बहुत सारे लोग आगे जा सकते हैं उस वेबसाइट को बंद करा दिया गया हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइटें बन जाती है तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेना है तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट को देखना चाहिए आधिकारिक वेबसाइट देखने का ये तरीका है कि जब भी आधिकारिक कोई वेबसाइट होगी तो उसमें डॉट जी in में में रहेगा या, dot last में रहेगा या कोई का क्या इस तरह की की चीजें नहीं रहेंगी ये सब ध्यान देने की होती है और जब योजना तो संबंधित कार्यालय से भी संपर्क किया जाना है लेकिन किसी भी भेजे गए ट्रेंड हो रहे लिंक को क्लिक करके इस तरह की आपकी जानकारी को नहीं भरना चाहिए इससे बचने के लिए सतर्कता चाहिए। आजकल भी देखा गया है है है कुछ व्यापारी व्यापारी जो आते हैं हैं हैं। अपने व्यापार व्यापार के संबंध में कि कोई कोई कि कोई कोई सामान सामान खरीदना चाहते चाहते और बेचना खरीदने जब करने के लिए से अपना सामान मंगाने के लिए गूगल सर्च कराते हैं की सस्ता मिलेगा अपराधियों ने साइबर जालसाजों ने अपनी वेबसाइट बना रखिए अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग तरह की अगर आप सर्च कराते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं है क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट फेक होती हैं। उस उन वेबसाइटों में ऑनलाइन जो ठग हैं वो बैठे हुए हैं और अच्छे रेट पे सामान देने और सामान खरीदने के नाम पर ठगी कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों से भी बचना चाहिए अगर कोई आपको यदि कोई आपको आपका दोस्त बता के फोन करता है कि मैं मैं आपको सऊदी अरब में हूं, में कहीं भी बाहर बता के मैं आपके खाते में भेज रहा हूँ आप इसको ले लीजिए मेरे पर्ची आएंगे आपसे इसमें दस हजार लेंगे बीस हजार लेंगे आपको पाँच हजार दे देंगे इस तरह के धोखाधड़ी से भी बचना चाहिए कोई पैसा भेजता नहीं है ये पैसे भेजने की जो लिंक होती है उस लिंक को ही आपको रिसीव करने वाला आपके साथ खड़ी कर सकता है समय का अभाव है है। इसलिए मैं आप पत्रकार भाइयों के लिए एक चीज़ हमने भारत सरकार ने सोशल मीडिया के संचालन हेतु तो कुछ राजपत्र जारी किया है उसका लिंक है हमारे पास आप लोग ले लीजिएगा आप लोग भी सोशल मीडिया का उपयोग जो करते हैं उसके लिए पूरे राजपत्र को पढ़ना चाहिए उस राजपत्र में दिशा निर्देश दिया गया है कि हमें क्या एज ए पत्रकार क्या करना चाहिए सोशल मीडिया के संचालन में सरकार द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर क्राइम के लिए अभी 17 जुलाई को एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है कृपया इसको आप लोग नोट करें और लोगों तक पहुंचाएं हेल्पलाइन नंबर है इस हेल्पलाइन नंबर का का मुख्य उद्देश्य है है कि यदि कोई साइबर का शिकार होता है, किसी के खाते से पैसे कटते हैं उस कंडीशन में यदि वो तत्काल इस नंबरों पर फोन करता है तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड उसके साथ हुआ है उस फ्रॉड में उसको राहत मिल सकती है